खजुरा में जी समिट में सम्मिलित होने के लिए आए विदेशी डेलीगेट्स का एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े और बुंदेली परंपरा से स्वागत किया गया इस स्वागत सत्कार में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा व अन्य नेता भी शामिल थे हमारी संस्कृति में हमेशा से ही अतिथि देवो भवा की परंपरा रही है हमारे यहाँ मेहमानों को ईश्वर तुल्य तो माना जाता है इसी परंपरा के चलते ही में विदेशी डेलीगेट्स का बुंदेली परंपरा और लोकगीतों के साथ स्वागत किया गया रामतुला की धुनवा ढोल की थाप और संगीत की लय और ताल पर स्वागत होने से विदेशी मेहमान भी खुद को नृत्य करने से नहीं रोक पाए विदेशी मेहमान भी स्वागत दल के सदस्यों के साथ गले में बाहें डालकर और हाथों में हाथ लेकर आनंद से झूमे मेहमानों के स्वागत के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार सहित अन्य नेता एवं प्रशासनिक अधिकारी